यहाँ बताया गया है कि आप रंगों को पहचानने में बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं आप बच्चे को दिन के लिए एक रंग लेने के लिए कह सकते हैं मान लीजिए कि वे लाल उठाते हैं फिर जैसा कि आप अपने दिन के बारे में जा रहे हैं आप और बच्चा उन चीजों को इंगित कर सकते हैं कि जो रंग है उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं वह टमाटर लाल है आपको कुछ लाल दिखाई दे रहा है और बच्चा कह सकता है वह पक्षी लाल है तब आप कह सकते हैं वह कार लाल है। है और बच्चा कह सकता है, उनके पास एक लाल बैग है आप लाल रंग की चीजों को ढूंढना जारी रख सकते हैं अगली बार वे एक अलग रंग चुन सकते हैं दिन में एक रंग पर ध्यान केंद्रित करना रंग पहचानने की उनकी क्षमता को पुष्ट करता है